जिस काम को आप करते हो आपका घर चलता है पेट पलता है जब तक उसको इज्जत देते रहोगे मुनाफा होता रहेगा जिस दिन आपने कहा इस काम में कुछ नहीं रखा घाटा होना शुरू हो जाएगा जिस दिन आपने कहा इस काम में कुछ नहीं रखा उस तो दिन घाटा होना शुरू मैं बताना चाहता हूं काम पर जब भी जाओ ऐसे जाओ जैसे मंदिर जा रहे हो काम पर जाओ जब भी ऐसे तो ऐसे सोचो मंदिर जा रहे हो क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगते ही तो हो और दोस्तों और आपका काम आपको सब कुछ देता है जो आप भगवान से मांगे मंदिर जाते हो सब कुछ देता है आपको ईच एंड एवरीथिंग सुई से लेकर जहाज तक एवरीथिंग यू कैन गेट हियर बस ईमानदार रहना पड़ेगा